पिछले वीडियो में दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि निशुल्क पैन कार्ड किस प्रकार से बनाया जाता है अब हम आपको उसी को डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे कि आप अब उसी पैन कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ये डेस्क वाइप इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर लिखना है ई फीलिंग ई फीलिंग लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये वेबसाइट आ चुकी है अब इसी को आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ चुकी है अब यहाँ पर आपको नीचे इसको खसकाना है जैसे ही आप इसको नीचे खसकाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है इंस्टेंट ई पैन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वेबसाइट के नीचे आना है नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक इस्टेटस डाउनलोड पैन यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे ये आधार नंबर मांगेगा तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है फिल करने के बाद आप ये देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना ओ दर्ज कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओ दर्ज करने के बाद अब आपको यहां पर कंटिन्यू इस कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं वी ई पैन कार्ड या डाउनलोड ई पैन कार्ड तो आप यहां पर अपना पैन कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं और ओपन करके देख भी सकते हैं दोस्तों हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो देख सकते हैं ये हमारा डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होने के बाद हम आपको ये व्यू ई पेन ये भी दिखा देते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे व्यू करोगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होकर के ये ऊपर आ गया इसको हमको क्लिक करना है और जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा तो इसका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही होती है तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फ़िल कर देना है तो चलिए दोस्तों हम फिल कर देते हैं फिल करने के बाद ये आप देख देख रहे हैं ओपन इसको ओपन करना है तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड जनरेट हो चुका है और आपका ये पैन कार्ड बनकर के आज आ गया है और ये पैन कार्ड आप कहीं पर भी चाहे इसको आप लगा सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद